बनाने की कोशिश में हो मुझे दो। तो, दो। मुझे मुझे जाने तो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ हम तुम्हें छोड़ देंगे कब छोड़ोगे कब ल, लेकिन लेकिन मुझे अब शौक मत देना बहुत दुखता है बहुत दुखता है मैं पागल हो जाऊंगा मैं पागल